नमस्कार और दोस्तों मैं हूं जी के एम पंद्रहवीं सदी के मध्य में इटालियन चित्रकार लियो नार्दो द विची ने एक ऐसी उड़ान मशीन का डिजाइन बनाया था जिसमें अपने को फंसाकर आदमी पक्षियों की तरह पक, पंख हिला डोला सकता था विंची के इस काल्पनिक उड़ान मशीन का नाम था ओरिथॉप्टर सोलहवीं शताब्दी में कई लोग से प्रेरित होकर ओरिथॉप्टर बनाने की कोशिश की लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए और कई लोग तो इसका इसका प्रशिक्षण करते हुए अपनी जान भी गवा बैठे इसलिए आज का हमारा वीडियो शीर्षक है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया और, इगोर सीरोस्की, और, अमेरिकन और विमान सीरो चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचालीस को दुनिया का सबसे पहला रोटर वाला प्रागौतिक हेलीकॉप्टर अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड नगर में उड़ा कर दिखाया था हालांकि वी एस थ्री हंड्रेड नाम का यह हेलीकॉप्टर पहली बार मात्र कुछ मिनटों के लिए ही उड़ा था लेकिन कुछ ही महीनों में 13 मई 1940 में सिरोस्की ने इसमें अनेक सुधार कर फिर सार्वजनिक रूप से इसे उड़ाया सिरोस्की ने सन उन्नीस से ही हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था तथा 1940 आते आते वी एस हेलीकॉप्टर का पहला रोटर वाले हेलीकॉप्टर का निर्माण के लिए मानक बना इसी फैक्टफूड और नॉलेजेबल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके